العالمين والصلاة والسلام على والمرسلين وعلى मीन वाला तो قال الله تعالى वलमसलीम في वाबी المجيد والفرقان الحميد तबारक़ुरमजीद الله बसमिल्ल الرحيم يا حسبك الله ومن नबी من المؤمنين صدق الله مولانا सद्ल मौलान رسوله النبي الكريم रसूल्न नबील اللهم रहीम قلوبنا नाबल़ुर वजन أخلاقنا नाबिलकुरख़िलजन्न तबिलक़ुर الجنة नज ونجنا من النار बिलकुर قال الله تعالى क़ल तबार का फ़ीशान हबीबे ही मुखबरम व आमिर नाबी या तस्लिमा अल्लास ना मौलाना मुहमदिन माता वलकर सलातान व सलामन अलह सैद या रसूल तमाम हमदोसना तारीफ़ तोसीफ़ अल्ला जल्ला मजदूल करीम की ज़ात बाबरक़ात के लिए जो खालि के कायन भी है और मालिक शाश जहात भी अल्लाह जल्ला अल्ह की हमदोसना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुआज़म नबी महतशम हजूर ख़तम तबत सजूर नाज में अपनी अक़दतों इरादतों और महबतों का खराज पेश करके बाद वाजबाहतराम जवीलाम मुआज़ज मकरम सामतिनो हजरत अल्लामक वरह वबरकू मुझे और आपको बड़ी सहूलत से ईमान इस्लाम नसीब हुआ मुशक्क़्क़्क़्क़त नहीं सहनी पड़ी तकलीफ़ गवारा नहीं करनी पड़ी हमने आँख खोली मौजि ने कान में सदाए दिलनवास दी मुबारक हो तो हुजूर का गुलाम बन के आ रहा है हम बोलने लगे तो हमारी ज़ुबान पर अल्लाह शाह नहु का मुबारक नाम जारी किया गया हमला मुहम्मद रसूल्ला तोतले लहजे में पढ़ने लगे तो पूरा ख़ानदान खुश था मिठाइयाँ बांटी गईं ख़ानदान का एक एक फ़र्द बार बार सुन के खुश होता और चेहरे की बलाएं लेता हम दरसाह में पहुंचे उस्ताद के सामने जानूए तलमस तय किए उसने हमें दीन सिखाया क़ुरान मजीद की तालीम दी किताबुल्ला की तिलावत करना सीखे तो हमारे माँ बाप फूले नहीं समाते थे कुरान मजीद मुकम्मल हुआ तो मिठाइयाँ बाँटी गईं रस्में आमीन हुई दोस्तों की दावत हुई खाने पर रिश्तेदार बुलाए गए हमने हिफ्ज कुरान की शादत पाई तो हमारे सर परों की दस्तार सज्जी हमने इल्म दीन दरस नज़ामी और दीगर ूम फ़नून सीखे तो हमें संद इम्तियाज़ से मालामाल किया गया और इज़्ज़तों की मसंद पर बिठाया गया हम नमाज़ पढ़ें तो महल में मुआजस ठहरें रोज़ा रखें तो इज्जत पाएँ हज करने जाएँ तो लोग दुआओं से रुख़त करें वापस आएँ तो फूलों से इस्ताल करें हमें दिन पर अमल करते हुए क्या मुश्किल पेश आई हम तो दीन की राहों के मुसाफिर हुए तो इज़्ज़तें पाएँ हमने अल्लाह का नाम लिया तो लोगों ने प्यार दिया हमने इबादत के तरीके अख्तियार किए तो मुशरे में शरीफ कहलाए लेकिन कितना मुश्किल और कठिन लम्हा था जब कोई इस्लाम लाता तो मुआरे से कट जाता सामाजिक बाइकाट कर दिया जाता वो लोगों से अलग हो जाता मेरे और के आपके अमोला हज़ू नबी रहमत राहमत सल वसम कुरैश के आली नस्ब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं सदक भी कहलाते हैं अमीन भी कहलाते हैं लोगों की अमानतें भी हुजूर के घर में पड़ी हैं अपने फैसलों में हुजूर को हाकम भी मानते हैं लेकिन जब अल्लाह की तोहद का एलान किया जब लोगों को राह रास्त और राह हक़ की तरफ बुलाया तो ये सारे मुखालिफ हो जाते हैं हती के अपने सक अजीज़ भी कितने दिल आजार जुमले बोलते हैं तब बन ल का हु ना साम अ लिहाजा जमाता ये रिश्ते में सक्का चचा बोलता है अल्लाह अकबर मुश्किलें सही तकलीफ़ें सही समाजी मुकाता हुआ सोशल बायकाट हुआ शाब अभी तलब के तीन साल किस कठिन हालात में हजूर और हजूर के गुलामों ने और ख़ानदान वालों ने काटे हती के दरख्तों के पत्ते खा खा के गुजर औकात होती थी महदा ले के काबतुल्ला के साथ लटका दिया गया और ये इतने संग दिल साबित हुए कि बाहर से कोई तजारती काफिला आता जिसके पास अगज़िया होती खाने पीने की अशिया होती तो उनको उधर जाने ना देते मुबादा कहीं ये खरीद ना लें इनका ख्याल ये था कि ये भूख से दम तोड़ जाए और नया दीन जो लेकर के आए हैं वो शाब अबी तालब में इस घाटी के अंदर ही अपने आखिरी दिन पूरे करें लेकिन जिसको अल्लाह ने सर बुलंद करना हो इज़्ज़त देनी हो जिस दीन को पूरी दुनिया के ऊपर गालिब होना था उसको कौन रोक सकता था अल्लाह के महबूब आ सलातम ने मेहनत तंदही, कोशिश और कदोकावश के ज़रिए लोगों तक पैगाम हक़ का अबलाग किया सबसे पहले हजूर की अहलिया हज़रत ایمان لاتی ہیں، حضور तहा ई ईमान लाती हैंजूर आसमाम के करीबी दोस्त गहरे दोस्त हज़रत सैदुन्ना अबू बकर बिल अबू बकर रजिय तह ई ईमान लाते हैं हज़रत अलीज़ा रदी अल्लाह तह अगरचे नौ उमर है लेकिन सीने पर हाथ रख के कहते دل जानो کروں گا حضور आप पे حضرت बिल حبشی اسلام لاتے ہیں، हज़रत अम्मन यासर हज़रत सुजरत यासर इस्लाम लाते हैं अठतीस लोग एक, एक करके इस्लाम में दाखिल हुए कुछ तो चाहते थे कोई दूसरा शख्स इनके साथ खड़ा ना हो तो जब उठतीस लोग हजूर के साथ खड़े हो गए तो उनके लिए बड़ा अजीत नाक लम्हा था कि ये तहरीक जिसको हम रोकना चाहते हैं ये फैलती चली जा रही है लोग इसके साथ शामिल होते चले जा रहे हैं और लोग इन के लिए मुहबतें और इनके लिए प्यार पेश करते चले जा रहे अब्दुल्ला के गर के और, और हमलावर हो गया आका करीम ने कोशिश की कि उलझाओ पैदा ना हो लेकिन ये इस बात पर तुला हुआ था कि हजूर को अजियत दे उस नोकीले पत्थर से हमलावर होके हजूर को गहरे जख्म देता है, हैती कि मुबारक बदन से खून बहने लग जाता है वहाँ से हुजूर सैन हरम में पहुँचते हैं और अल्लाह के हुजूर सर बसूद हो जाते हैं। हुजूर के चचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब अभी इस्लाम नहीं लाए थे वो शिकार खेल के वापस आ रहे हैं और जब वो शिकार खेल के आते थे तो बड़ा इतरा इतरा के चलते थे उन्होंने सुना कि दो लोंडियां आपस में बात कर रही हैं इसको पता होता ना कि इसके भतीजे के साथ क्या सलूक हुआ है तो ये कभी भी ऐसी चाल ना चलता इसकी टोरी कोई और होती तो रुक गए कदम खुद ब खुद ठहर गए रोक के पूछा क्या माजरा हुआ कहा तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने मारा है और उसके नाजुक बदन से खून बहता रहा वो खामोश था लेकिन उसने जानबूझ के ज्यादती की उस पर बस गुस्से में बिफर गए सेने हरम के आस पास कुरैश अपनी मस्त ने जमाए बैठे होते थे टोलियों की शक्ल में आज अमीर हमजा आए और अबू जहल को तलाश करके अपनी कमान को जोर से उसके सर पर मारा और उस का सर फट गया और साथ बोले तुमने हमारे भतीजे को लावारस समझा है अब उसके हवाले खड़े हो गए लेकिन अबू जहल बड़ा काई शख्स था उसने समझा कि ये तो अब तन्हा है लेकिन लड़ाई की आग रोशन होगी तो बनु हाशिम भी निकल आएंगे तो ये लड़ाई लंबी हो जाएगी तो इसका सबब मैं हूं कसूर मेरा है उसने कहा बस बस मुझसे गलती हो गई उसने बात को टाल दिया अब हुजूर के चच्चा हुजूर को ढूंढ रहे हैं सिन हरम में हुजूर आलाम अल्लाह के हुजूर सर बसूद हैं ये पास जा कर खड़े हो गए और कहा इबनाखी ऐ मेरे भाई के बेटे ऐ मेरे भतीजे लेकिन हुजूर सर नहीं उठाया अल्लाह की हुजूर अपने दुखड़े बयान कर रहे हैं असी किसे दे कुछ नहीं लगते ना कोई साडा दर्दी अल्लाह के महबूब आसलम अल्लाह के हजूर सर बसूद है इन्होंने फिर कहा या इबना मेरे भाई के बेटे और इन्हें बेचैनी है कि बताऊं कि हौसला रखो मैं तुम्हारा बदला ले लिए, लेकिन हुजूर सर नहीं उठा रहे तीसरी में फिर आवाज दी, तो हजूर ने सर उठाया आंखी आंसू से भरी हुई थी तो ब्रदसता कहा भतीजे में तुम्हारा बदला ले लिया मेरे हुजूर ने फरमाया चा मुझे इसकी कोई खुशी नहीं हुई यह हैरत हो गए कि इतना बड़ा काम इस वक्त मक्के का इतना बड़ा सूरमा और मैं उससे टकरा के आया हूं और ये कह रहे मुझे कोई खुशी नहीं हुई किस्मत अच्छी थी बोले भतीजे तुम कैसे खुश होते हो कहा जिस रब को मैं मानता हूँ उसको तुम भी मान लो तो अमीर हमजा की किस्मत अच्छी थी तो आगे बढ़े और इस्लाम कबूल कर दिया 38 लोग पहले मुसलमान थे ये उनतालीस में मुसलमान हो गए बस इंत का इस्लाम लाना मुसलमानों के लिए तस्किन कलब का सामा हुआ हुजूर की आंखों में उमड़ते हुए आंसू आगे बढ़े काबे को गुलाब को पकड़ा कहा अल्लाह माइजिल इस्लाम बेहब्ब रजुल बेमर अब नाब هشام. उसने मेरे ऊपर पत्थर बरसाए हैं मुझे जख्मी किया है लेकिन अगर दीन की तकवियत उससे हो सकती है तो मालिक मुझे कोई हसा नहीं चाहे अमर बिन हशाम अबू जहल का नाम है मुझे चाहे अबू अमर बिन हशाम दे दे या उमर बिन खत्ताब दे दे एक शेर दे दिया एक शेर और अदा कर दे हजूर काबा के गुलाब से लिपट के अल्लाह के हजूर दुआएं मांग रहे हैं उनतालीस लोग इस्लाम ला चुके हैं चालीसवें का इंतजार है अल्लाह के महबूब अल इस्लाम की दुआएं हैं हजूर के अल्तजाए हैं उधर ये खबर पूरे मक्के में फैल जाती है कि हमजा भी ई ले आए कुफार पर सरासीम सी कैफियत पैदा हो जाती है कि हम तो समझते थे कि ये दो चार लोग हैं दस पंद्रह बीस लोग जमा हो जाएंगे और इस तरह के लोग भी अगर इनके साथ शामिल हो गए तो इनका रास्ता नहीं रोका जा सकेगा तो। वो सरजोड़ के सोचने लगे अबू जाल को कोसने देने लगे उसने क्यों ये जुल्म किया कि उसका नतीजा ये फिर हमें भुगतना पड़ रहा है इसके लिए कोई तदबीर करनी चाहिए इसके लिए कोई हिकमत सोचनी चाहिए छब्बीस साल का नौजवान है खत्ताब का बेटा है नाम उमर है अपने घर के अंदर पेचोताब खा रहा है कि अगर यू ही इस्लाम फैलता रहा तो हमारे बुतों के खिलाफ उठने वाला ये नज्म इतना फैल जाएगा कि रोकना मुश्किल हो जाएगा आबाजाद की कहानियां खत्म हो जाएंगी ये एक नया दीन ऐसे पनपता रहा तो फिर उसको रोका नहीं जा सकेगा कौन रोके दिल में ख्याल आया इसका एक ही हल है कि बानी इस्लाम की जिंदगी का चराग गुल कर दिया जाए लेकिन ये इतना बड़ा काम कौन करे सोचा खुद करूंगा उठती जवानी और ये पहलवानी का जमाना था उमर बिन खत्ताब का आजा में तबीयत में जोश तलवार हमाइल की दोपहर के वक्त ख्याल आया तो कड़कती दोपहर में चल पड़े संसान गलियां हैं सख्त गर्मी है लोग दीवारों से लग के चलते हैं अगर कोई किसी को किसी मजबूरी के तहत कहीं जाना भी पड़े लेकिन ये मस्त हाथी की तरह अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और इस अंदाज से तलवार हमाइल की हुए आगे बढ़ रहे हैं। नईम बिन अब्दुल्ला आगे से आ रहे थे आंखों में उतरा हुआ नशा देखा कहानी समझ गए ये भी मुसलमान हो गए थे लेकिन अभी ईमान ज़ाहिर नहीं किया कहा उमर किधर के इरादे हैं कहा बानी इस्लाम का चराग बुझाने जा रहा हूँ ये रोज रोज की कहानी ख़त्म करने जा रहा हूं आज हमजा ईमान लाए हैं कल कोई और आ जाएगा फिर इस तहरीक को रोकना मुश्किल हो जाएगा नईम बिन अब्दुल्ला मुस्करा के बोले घर की खबर ली है कहा क्या हुआ मेरे घर को कहा तुम्हारी बहन फातिमा भी उस मोहम्मद की गुलाम बन गई है तुम्हारा बहनोई सईद बिन जैद भी उसका नौकर बन गया है बस बिफर गए वो जो गुस्सा था वो इधर मुंतकिल हो गया बहन के घर का रुख किया जब दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही जो कहा गया था जो सुना था उसका यकीन पैदा हो गया जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने कट लगे बहन ने देखा कि भाई है जो कुरान पढ़ रहा था उसको छुपा दिया और खुद दरवाजा खोला बस पीटना शुरू कर दिया मार मार के सर फोड़ दिया खून बह रहा है जब सर फट गया तो फातिमा बिनती खत्ताब बोली उमर तुम खत्ताब के बेटे हो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं सुन लो मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ोगे जो करना है करो जब ये तेवर देखे तो उमर की हैरत इंतहा को छू गई ये कौन सी कुत है जिसने एक औरत के अंदर ये जज्बे रख दिए कहा अच्छा बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे कहा तुम नापाक हो तुम्हें नहीं दूंगी कहा कैसे दोगे कहा पहले हौसल को रो उम्रसल कर रहा है सौदा लेने के लिए बाजार गए हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए उमर गुसल कर रहे हैं गुसल करके बाहर आए तो बहन कुरान ले आई वो वो खजूर की छालें वो चमड़े के ऊपर लिखा हुआ कुरान सामने रख दिया उमर पढ़ रहे हैं ताहा मा जल्ला अलीकल कुरान अल तशका चौदहवीं के चांद महबूब कुरान इसलिए नाजल तो नहीं किया था कि तू तो मुशक्कत में पड़ जाए महबूब रहमत के दरवाजे खुल रहे हैं कर्म नवाजियाँ होने वाली हैं उम्र पढ़ते गए आंखों के बंधन टूट गए आंसू आने लगे टप टप आंसू गिरने लगे उम्र धो रहे हैं बदन कांप रहा है आए किस इरादे से थे अब हालत क्या हुई जा रही है अपनी बहन से कहा बहनोई से कहा जिस दर के तुम गुलाम हुए हो कभी मैं भी उस दर का गुलाम नहीं हो सकता उम्र की कहीं उम्र ना बर्बाद हो जाए मुझे उस चौखट पे ले चलो कहा चलो हम उस दहलीज पे ले चलते हैं तलवार उसी तरह हमारे की हुई है हुजूर दार अरकम में है ये इस्लाम की पहली दरसगा है हजरत अरकम का घर मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी यहां छुप करके दीन सीखते हैं जूर भी वहाँ तशरीफ फरमाते बाकी साहब भी वहाँ तशरीफ फरमाते थे, थे मेरे हमजा भी वहां थे दरवाजे की दर्जों से देखा कि उमर आ रहे हैं तलवार भी हमारे की हो सबा ने कहा उमर आ रहे हैं मीरे हमजा ने कहा कोई परवाह नहीं आने दो अच्छा इरादा हुआ तो खुश आमदेद कहेंगे इरादा अच्छा ना हुआ उसकी तलवार से गर्दन काटूंगा अल्लाह अकबर जब दरवाजा खोला तो दो सिबा ने बाजों से पकड़ लिया कंधों से जूर मैं कंधे छोड़ दो कंधे छोड़ दिए गए आका करीम वो सलाम ने उनके गले के अंदर जो कपड़ा था उसको पकड़ के झटका दिया असलम उमर उमर इस्लाम लाओ अल्लाह अकबर और हुजूर ने हजरत उमर के दिल पे हाथ रखे अल्लाह महदे कलबा, अल्लाह उमर के दिल में हिदायत डाल दे बस ये जुमला कहने की देर थी और हजूर का हाथ फिरने की देर थी अंदर से कुफर धुलता चला गया और उमर ने कहा अशहदुल्ला जब ये पढ़ा कलमा तो हुजूर की जुबान से बेसाख्ता निकला अकबर और ने भी अकबर कहा कहा और इस जोर से कहा कि मक्के की गलियां गूंजने लगी अब उमर ईमान लाने के बाद तो हुजूर की खिदमत में हाजिर होके अर्ज करते हैं हुजूर क्या हम हक हाँ पे नहीं है फमाएं हम हक पे हैं क्या अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है फमाएं अल्लाह का दीन सच्चा है कहा कि आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं, फरमाया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं तो फरमाया फिर हम छुप के नमाज क्यों पढ़ें? कहा कि उमर तुम जानते हो हमत है इतने जो है वो हमारी तादाद नहीं और कुफ़ाल का जोर वुल्म और सिद्न अर्ज की हजूर हम कहतुल्ला में जाके नमाज पढ़ेंगे मुसलमानों की दो सफ़े बन गई एक सफ़ की क़्यादत अमीर हमजा कर रहे हैं एक सफ़ की क़्यादत हजरत फारूक आजम कर रहे हैं दरम्यान में हुजूर चल रहे हैं और रिवायात में आता है हजरत उमर चलते जाते हैं और साथ लाहा पढ़ते चले जा रहे हैं और फिर जाके वहां पहुंचे तो वहां जो सनादीत कुरैश थे उन पर सख्ता तारी हो गया हजरत उमर रदी अल्लाह तुझ बीमान लाए तो आपने एक एक काफिर के घर के दरवाजे पे खड़े होके कहा जब कोई भी शख्स मुसलमान होता तो कुफार उसको मारते जो दोब करते जुल्म करते सितम करते घसीटते बाजारों में लेकिन हजरत उम्र ईमान लाए तो एक एक शख्स के दरवाजे पर खड़े होकर के कहा कहा कि तुम कमजोरों को मारते थे मैं तुम्हें बताने आया हूं मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया बल्कि आपने ऐलान किया जिसने अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम करवाना हो और अपने माँ बाप की कमर को झुकाना हो वो उम्र के मुकाबले में आए अल्लाह अकबर जुनैरा नामी एक खातून थी बहुत कमज़ोर रावी कहता है कि उसकी हड्डियों में गोदा नहीं था इश्क रसूल था और उसका ज़ालिम आका उसको मारता है और जब मार मार के थक जाता है उधर से उमर आ रहे हैं ये इस्लाम लाने के पहले की कहानी है तो उधर से उमर आ रहे हैं तो उसने कहा उमर तुम जवान आदमी हो तो ये छोड़ती नहीं है अपने नबी का नाम ज़्यादा तुम आओ तो उम्र कोड़ा पकड़ लेते हैं उसे मारते हैं मारते मारते थक जाते हैं तो पानी पीने लगते हैं तो कहते हैं मुझे तेरे पे तरस नहीं आया लेकिन मैं ज़्यादा पानी पीने लगा हूँ और फिर गले के अंदर कप डाल करके कोड़ा उसकी रस्सी को बल देते हैं और उसकी आँखें बाहर निकल आती हैं और कहते हैं बुला अपने नबी को जो तेरी आँखों की बेनाई वापस करे अल्लाह अकबर तो उसने आसमान की तरफ मुंह करके कहा मालिक मैं कभी भी आंखों की बेनाई ना मांगती लेकिन अब तेरे नबी की इज्जत का सवाल है आंखों की बेनाई वापस हो जाती है जोनैरा को बड़ा मारा आज उमर गलियों में आंखों में आंसू हैं और अजीब बिले दिले बेताब है और कहता है आओ भाई मैं हजूर का गुलाम बन गया हूं तुम्हें बताने आया हो जुनेरा ने मोड़ काटा तो आगे उमर ये आवाज दे रहे जुनहरा एक कोने पर खड़े होके जो केहती उमर तुम तो बड़े उस दिन जोशो गजब में थे और तुम मार मारते हुए थकते नहीं थे तो उमर ने कहा जुनैरा उस दिन मैंने देखा नहीं था अब मैं मोहम्मद यबी को देख आया हूं जिन्ना वेख्या नहीं हो करण गल्ला जिन्ना वेख्या नहीं हो करण गल्ला जिन्ना वेख्या होते बोल दे नहीं जेडे महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं तो हज़रत उमर रजी अल्लाह त ईमान लाए हज़रत इब्दुल्ला इबन मसूद रजियल्ल्ला फरमते हैं कि हज़रत उमर का ईमान लाना मुसलमानों के लिए इज्जत का सबब था उनका हजरत करना मुसलमानों की नुरत थी और उनकी खिलाफत मुसलमानों के लिए राहमत थी हजरत उमर रजी अल्लाह तहो वो हैं कि मेरे हजूर ने फरमाया लोगो जब नेक लोगों का जिक्र करो तो मेरी उम्र का तस्करा ज़रूर किया करो मेरा उम्र वो है कि जब वो एक जगह एक समझ से आ रहा हो एक गली और बाजार से आ रहा हो तो शैतान भी आ रहा हो उम्र को देख के रास्ता तब्दील कर लेता है हजरत उमर रदी अल्लाह तहु की तबियत के अंदर जो जाहो जलाल था तबीयत के अंदर जो सख्ती थी वो इस्लाम के अंदर आकर भी कायम रही और आपने वही सख्ती वही जाह जलाल जो पहले मुसलमानों के खिलाफ था अब कुफ्फार के खिलाफ मुनाफिकीन के खिलाफ हज़रत उमर की तबीयत के अंदर वो जोश व खरोश बदस्तूर मौजूद रहा लेकिन जिस दिन आप खलीफा बने तो उस दिन आपने मेम्बर पर चढ़ के जो खुतबा दिया उसमें कहा लोगो मैं सख्त इसलिए था कि रसूल्ला नरम थे फिर मैं सख्त इसलिए था कि हजरत अबू बकर नरम थे अब मैं तख्त खिलाफत में बैठा हूँ अब मेरी सख्ती जो है वह नरमी में तब्दील हो गई सिर्फ फासिकों फाजरों और बाख्त हूँ बाकी तुम्हारे लिए नरम सबसे कम जो तनख्वा बैतुलमाल से अगर किसी वजूद ने ली है तो वह हजरत उमर रदी अल्लाह ती है सिर्फ दो जोड़े लेते थे साल में और रावी कहता कि मैंने देखा कि उसमें भी सत्रह सत्रह पैबंद लगे होते थे हजरत उमर रजी अल्लाह तर्ज जिंदगी आपका अंदाज मुआशरत और आपका अंदाज खिलाफत हर लम्हा आपकी जिंदगी का उठा के देखिए कितनी मरतबा कुरान हज़रत उमर की राय के मुताबिक नाजिल हुआ है अल्लाह तला शाहू ने उनको साहब इल्म बनाया था हर उम्मत में कोई साहेब इ्हाम होता है हजूर की उम्म का साहेब इल्हाम हजरत उम्र ने और आका करीम ने उन्हें अपना वजीर करार दिया फरमाया मेरे दो वजीर आसमानों में हैं दो वजीर जमीनों में हैं आसमानों के वजीर अबू जो है वो जिब्राइल और मेकाइल हैं और जमीन के वजीर अबू बकर और उमर हैं तो अल्लाह तला शंघु ने हज़रत सयदना सिद्दीकी अकबर के बाद हज़रत सयदना उमरे उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तु से जो काम लिया मुख्तसर दौरे खिलाफत के अंदर दस साल छ माह चार दिन आपने खिलाफत फरमाई है लेकिन कहाँ से चले और यहां मकरान तक बलोचितान का हिस्सा है यहां तक आपके सल्तनत की हदूद वसी हुई उधर आर्मेनिया तक जा पहुंचे हमस फतासिया यरमूक आप जरा देखिए कि कहाँ तक आप आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे और अल्लाह तला शाह हु को जो तो अदलो इंसाफ की कुत अता फरमाई अल्लाह अकबर जब जमीन पे अदल किया हो तो जमीन भी हुक्म मानती है और हजरत उम्र वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी जमीन भी मानती थी जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते थे मिस्र के अंदर रस्में बध जा रही थी ये रस्में बध जा रही थी कि साल के बाद एक दो शीजा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता उसकी कुर्बानी दी जाती उसका खून बहता तो दरिया चलता जब इस्लाम ला इस्लाम मुसलमानों ने मिस्र फता किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाजत नहीं देता लेकिन खुशक साली है लोगों की फसलें वीरान पड़ी है तो हजरत क्या किया जाए तो हजरत उमर रदी अल्लाह जब कासद आके पैगाम देता है तो कागज के टुकड़े पे लिखते हैं बिस्मिल्लर मिस्र के नील की जानब उमर का ख़त लिखते हैं नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं है और काशर को कहा ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो काशत जाके खत दरिया नील में फेंक देता है पानी आता है ऐसा दरियाए नील चला चौदाह सदियां हुई हैं आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ दरिया हुक्म मानते आग निकलती है लोग हजरत उमर रदी अल्लाह तहो के पास आए हजरत लावा फूटा आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है अब क्या किया जाए फायर ब्रिगेड तो जमाने में थी नहीं उमर ने अपनी कमीज उतारी जिस कमीज पे सत्रह पैबंद लगे हुए थे चमड़े के कहा यह कमीज ले जाओ जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना आग पीछे भाग जाएगी जलजला आता है तो जमीन पर दुर्रा मारते हैं जमीन रुख जा क्या उम्र ने तेरी छाती पैदल नहीं किया है? तो ये उम्र है रदी अल्लाह त जिनसे जिनके इंसाफ की वजह से जिनके अदल की वजह से अल्लाह तला की रखा उसकी बराकत का नजूल होता था और अल्लाह तला ने मुसलमानों को वो आबदूमंद कायनात की तारीख के अंदर ऐसी हुत आपने नहीं देखी होगी जो हजरत उम्र ने हुकूमत की है अल्लाह अकबर फरमाया फनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसका हिसाब भी उम्र से होगा जब इतने इलाके फतेह हो गए तो एक दिन हजरत उमर बैठ के रो रहे थे तो किसी ने कहा हजरत तो रो क्यों रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूं फलां पुल से गुजरी हैं तो पुल के अंदर शिक्षगी थी टूटा हुआ था पुल दरम्यान में कुछ उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है तो मैं डरता हूं कहीं उसका हिसाब ना लिया जाए कि मेरा रब यह ना पूछे कि उम्र तू पुल सही तामीर नहीं करवाए थे बकरी की टांग क्यों टूटी है ये है, है हजरत उमर रजी अल्लाह अकबर हजरत सैय नजीला की पूरी जिंदगी आप देख लीजिए आप दिन को घर में बैठते हैं दरबारी खिलाफत में बैठते हैं और आपका दरबार खिलाफत क्या है कोली नसब महल नहीं है मस्जिद नबवी का सेहन है वहां बैठ के फैसले हो रहे हैं बाहर से सफीर आता है और आके पूछता है कि मैं अमीर मोमिन के मुसलमानों के हुक्मरान के अमारा में महल में जाना है तो मुस्करा के कहते हमारे अमीर का तो कोई महल नहीं है कहाँ है तुम्हारा अमीर कहा मस्जिद नबी में होगा या बैतुल माल के ऊँटों की, की देखभाल कर रहा होगा उनकी देखभाल में लगा होगा वो जब गए तो मस्जिद में नहीं है अल्लाह अकबर वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं है फिर क्या देखते हैं कि उमर रजी अल्लाह जन्नत रखकर सोएल किया है। तुझे कच्ची पे भी आ सुकून और चैन की नींद नहीं सो सकते हजरत सैयद इस तरह उमूरे सल्तन दे भाई आप दिन को लोगों की देखभाली करते लोगों की जरूरियात सुनते समझते और जब रात पड़ती लोग सो जाते उम्र मदीने की गलियों में पहरा देते कायनात ने कोई ऐसा भी हुक्मरान देखा होगा अल्लाह अकबर वो मुजाहिद जो मुख्तलिफ महाजात पे गए हुए होते उनके घरों की देखभाली करते उनकी जरूरियात का ख्याल रखते उनकी आबरू का पहरा देते रातों की तनहाइयों के अंदर हजरत उम्र उठते और जाके गश्त करते चक्कर लगाते देखते कोई आंख पर नम ना हो मुफलसी का किसी घर में मातम ना हो लोगों की जरूरिया का ख्याल रखते अल्लाह अकबर एक दिन हजरत उमर रदी अल्लाह घर के करीब से गुजरे घर से धुआं निकल रहा था सोचा कोई मेहमान होगा गुजर गए थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा उस गली से गुजर हुआ तो फिर धुआं निकल रहा था फिर गुजर गए दो घंटे के बाद फिर दोबारा उधर से गुजरान हुआ तो फिर धुआं निकल रहा था रात का पिछला पहर अभी तक घर से धुआं निकल रहा है उमर रजी अल्लाह तुमने दरवाजे को खटखटाया अंदर से खातून की आवाज इस वक्त कौन है का एक मुसाफिर हूं पूछना चाहता हूं तुम्हारे घर से धुआं क्यों निकल रहा है रात की इस पह कहा तुम्हें इससे क्या गरज कह नहीं मुझे तश्वीश हुई है तो उसने कहा उम्र की जान को रो रही हूं हज़रत उमर रजी अल्लाह तुमने कहा क्या हुआ कहा कि खाने के लिए घर कुछ नहीं है बच्चे जिद कर रहे हैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके मैं नीचे से आग दिए जा रही हूँ बच्चों कहती हूँ थोड़ी देर है थोड़ी देर है कि बच्चे थक के सो जाएंगे इंतजार कर करके तो कुछ हो तो पके और बच्चे हैं भूख से शिद्दत है भूख की वजह से सो भी नहीं रहे और मैं यहाँ बैठी उम्र की जान रो रही हज़त उमर रदी अल्लाह तापस आए घी का कन्स्तर उठाया आटे की बोरी ली और साजो सामान लिया खादिम था का असलम बैतलम में उसने हजरत यह सब कुछ मैं उठा लेता हूँ कहा हशर के दिन मेरा बोझ उठाओगे कहा नहीं वो तो आपको ही उठाना होगा कहा उम्र को आज ही अ खुद ही उठाने तो और उठा के उनके घर आए और घर आके उनको सब कुछ दिया और फिर उसके बाद जब खाना तैयार हुआ बल्कि रिवायत में आता है कि जब आग जला रही थी तो उमर उम्र झुकझुक के चूल्हे में फूके मार रहे थे अल्लाह उस खातून को नहीं पता कि ये कौन है ये कोई अजनबी मुसाफिर है मेरी मदद कर रहा है फिर बच्चे जो है वो जब खाना खा के खुश हुए तो हजरत उमर रली अल्लाह ने दिल में सोचा और कहा उमर जिस तरह तू बच्चों को रुलाया है आज उन बच्चों को हंसाओगी तो बच्चे बैठे हैं तो उमर कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं जिस तरह बच्चों को खिलाने के लिए जो है वो घुटनों के बल और हाथों के बल लोग चलते हैं हजरत उम्र जो चलते हैं और वो बच्चे मुस्कराते हैं जब बच्चे हंसने लगे खाना खा चुके उम्र उस खातून से मुखातब होकर कहते हैं बहन देख उमर की बड़ी मजबूरियाँ हैं फुस्ताद यमुख कहाँ कहाँ आर्मीनिया कहाँ कहाँ सरहदों पर महाज पे लोग मौजूद हैं उनकी देखभाल लेकर नहीं उमू खिलाफत क्या क्या, क्या मामले हैं तनहा अकेले बेचारे की जान है वो नहीं ख्याल कर सका चल तू उसे माफ कर दे वो बहन कहती है तू इतनी हमदर्दी क्यों करते उम्र की नहीं मैं उम्र को माफ़ नहीं करूँ कल क्यामत के दिन मैं अल्लाह के हजूर उम्र का गिरबान पकड़ूँगी तो दूसरे इलाके फतेह करता था मेरी खबर ही नहीं थी अल्लाह अकबर जब यह बात की तो उम्र चीखे मार कर रोने लगे और हाथ जोड़ के कहने लगे बहन ये तुम्हारे सामने ही तो उम्र खड़ा हजरत उमर थे रजी अल्लाह और अल्लाह के महबूब आ सलात खलीफा राशि दूसरे खलीफा दस साल छ माह और चार दिन आपने खिलाफत की और तारीख कहती है अगर उम्र रजी अल्लाह त दस साल और मिल जाते या मगरबी मुफ्क्रीन कहते हैं कि अगर कायनात को एक उमर और मिल जाता पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हकूमत होती कहीं कुफर बाकी ना बचता लेकिन बदबातन लूलू फिरोज़ नामी एक मजूसी गुलाम ने नमाज फजर पढ़ते हुए हजरत उमर बिन खताब रदी अल्लाह तुओ पर हमला किया जहर में बुझी बुझा हुआ खंजर आपके जिसम में शराय कर दिया आप वहां से उठा के घर लाए ला गए और चार दिन तक मुसलसल आपकी सजियत और तकलीफ में रहे जब आखिरी वक्त आया तो अपने बेटे को बुलाया कहा बेटा मैंने उमुल मोमिन सद आशा रजी अल्लाह तह से पूछा हुआ है कि मेरे मरने के बाद हुजूर हजूर की कीबत में मुझे जगह दे दी जाए हो सकता है मैं अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का खलीफा हूं तो इस वजह से उन्होंने इजाजत दे दी हो जब मैं फौत हो जाऊं तो ज़ाहिर खलीफा नहीं रहूंगा तो फिर जाके उनको दोबारा कहना कि मेरे बाप का पैगाम है अगर वो इजाजत दें तो मुझे हजूर कीबत में दफन कर देना और अगर वो इजाज़त ना दें तो फिर जन्नतुलबकी में मुझे दफन कर देना जब हजरत सैदना उमर बिन खत्ताब खत्ता रदील् ततक़ाल हो गया तो आपके साहबजादेमर हज़रत आयशा रजील् तह के पास गए कहा कि मेरे बाप का सलाम है आपके नाम उन्होंने आपको ज़िंदगी में कहा था कि हुजरा अनवर में सैद न सिद्दी के अकबर के साथ दो गज़ जगह मुझे भी नसीब हो जाए तो आपने इजाज़त दे दी थी तो मेरे वाले के रामी ने फौत होते हुए कहा कि दोबारा बिल्मोमिन के पास जाना और दोबारा पूछना उस वक्त तो मैं अमीरमिन था हो सकता है वादा कर लिया हो लेकिन अब अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ हम कब्र उनके लिए खोद लें वरना हम जन्नतुल बकी में दफन कर दें तो ममोमिन सईद आशा रदी अल्लाह तब रो पड़ी और फरमाया ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी लेकिन उमर ने इस्लाम के लिए खदमत इतनी की है कि मैंने खुद तरजीह दी है इसलिए मैं इजाज़त देती हूँ कि यहाँ उमर को दफन किया जाए अल्लाह अकबर और फिर वहां हजरत उमर रदी अल्लाह अनहु को दफन किया गया ये खबर मेरे हजूर की है सात हजरत सिद्दीकी अकबर हैं सात हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह तहु है जोड़ मजारा दा बन यार नी दया यार दा हजूर ने फरमाया एक दिन मस्जिद नबी से बाहर निकल रहे थे और कुछ लोग मस्जिद में दाखिल हो रहे थे हुजूर ने दाएं हाथ से अबू बकर का हाथ पकड़ा था और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ था और जब लोगों को आते हुए देखा उनको मुखातब करते हुए कहाया क़यामत के दिन हम कब्रों से यूं ही उठाए जाएंगे मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा जे शक हो भी चल मदी आवेख ल जोड़ मजारा बन यार नबी दें यारंदा तो मेरे हजूर ने फरमाया जब अच्छे लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र भी ज़रूर किया करो तो हज़रत उम्र रदी अल्लाह तन हो अल्लाह के महबूब के महबूब हैं बाकी सहबी मुरीद हज़रत उम्र मेरे हजूर की मुराद हैं अल्लाह से मांग करके लिया अल्लाह उमर बिन खब अता कर फिर अल्लाह ने उमर की सूरत में इस्लाम को वोहफा दिया जिससे इस्लाम की इज्जत बड़ी और शान और शौकत में इजाफा हुआ और इस्लाम के झंडे चार दाग आलम के अंदर लग गए अल्लाह मुझे आपको हजरत उम्र के नकुश पाकि बरकतें अता फरमाए और हमारे हुक्मरानों को उनके नकुश पाक को खजरा बनाते हुए इस्लामी सल्तनत के ख़दाल वाज़ करने की तोफ़ीक़ा से मालामाल करें इन शाह अगला मुबारक दस मुहर्रम को ही है और 12 बजे से ले कर नमाज असल तक हर साल हम दस मुहर्रम का अजतमा करते हैं तो इस मरतबा इन श्रा मुबारक का ख़ुतबा भी इसमें शामिल हो गया और, और ज़्यादा बरक़ात इसकी नसीब होंगी और नमाज जुमह के बाद इन शो है वो महफिल पाक भी होगी जिसमें अली मरतबत शनाखा और मुबलिन के खिताब होंगे तो अगले जुम्मा तुमवार को इनशल आपसे दोबारा मुलाकात होगी आप तशिफ लाइएगा दोस्तों को तरगीब दीजिएगा अल्लाह आप सबको जजाय खैर दे दुनिया खत की भलाइया आपका